बोर बोर हो हो रहा है। तेजा तेजा में में मुंह मुंह बोल बोल ले जाके। बोल हो हो जा बोल ले जाके। ले जाके। ना? आजा की नहीं सर टाइगर जाके। कोई अपने लड़के से ऐसे तो नहीं बोलता होगा जैसे तुम बोल रहे हो मैं लॉकडाउन में पागल हो चुका हूँ सुबह लड़ाई कर रहे हो मम्मी से गुस्सा बच्चा निकाल ले बता रहे हो पगला हो पगला तो गए हैं और जब कल सैर पे निकले तो, तो लट्ठ भी पड़े तो, पिछवाड़े पे वो पूछ रहा बाहर कहा कौन जगह पर पूछ रहा जो खुले हम बताया जा रहे हो पिछवाड़ा अंग ही पूछ रहे अंगद महाराज सब तुम्हारे बिगाड़े लड़ते है देख लो प्रसन्न हो लोग थोड़ा ताजगी आ रही की नहीं चेहरे पर चमक बढ़ी। हमने शायरी भी बना ली सुना पापा गए कल बाड़े पे लट पड़े पिछवाड़े पे बात वाँ वाँ वाँ क्या, वाँ क्या बात है वाह! सुनो कितनी प्यारी शायरी चल रहा है मजा ले मजा। मजा लूडो खेला जाए गिट्टी तो है नैसे खेलेंगे तो नाच के बताते लूडो स्टार गेम डाउनलोड करो फेसबुक ऐसी लॉग इन करो किसी से भी ऑनलाइन खेलो जिसमें चैट करो इमोजी भेजो और हम लोग को खेलना है तो ऑफलाइन खेलो लूडो स्टार हमारा प्यार आओ खेले चलो पढ़ाई तो चल नहीं रही आजकल। खिलवाड़ चल रहा खाली कृपया तो आपकी सूचना के लिए बता दें कि कक्षा एक ऐसी आठ तक के सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है वो खेल सकते हैं और खिलवाड़ भी कर सकते हैं पर अगली क्लास का नहीं पढ़ सकते हैं किताबे है नहीं हम क्या करें तो इंटरनेट ऐसी पढ़ो वाह वा, वा, वा, वा, वा। पाँच मिनट अगर इंटरनेट ऐसी गेम खेल लो तो इंटर ऐसी बन गए स्पाइडरमैन आना बंद कर देगा बात करना सीख जाएगा जानवर जानवर बात नहीं करते देख लो को ये संस्कार है कटा जबान चल रही एक राम थे थे एक दशरथ दशरथ तुम हो दस बन हम। नहीं तो तो ना बन बन बन जाओ नहीं बन ना। बन जाओ। नहीं दशरथ दशरथ जाए जाए राम सुना होगा <laughs> दुनिया भर की नौटंकी कर रहा देख ले कुछ बोल है, तो रहे हैं तो कि मचा देंगे। गिर गए थे। चलो चलो चलो। कम से कम से गिरे तो। तो मिटी। चल के मजा आया नहीं आया आया अरे यार एक तो लग गई यार मतलब इनकी तो टंकी नहीं खत्म हो रही स्कूल बनते तब तक ठीक था जब से ऑफिस बंद हुए चीना आराम हो गया सेम पिंच। साला सलाब वते करते करते थक जाओ कोई काम नहीं लेओ, सुन खबर सुनो माँ और दो बच्चों की हत्या कर पापा लॉकडाउन तोड़ के भागा का है? का है? का है? देख नहीं रहे ऐसे बवाल कर कर के साला तड़पा दिया होगा तो मार दिया सही किया लेकिन भागा का जैसे दोनों बच्चों को मारा मम्मी को भी मारा है सबको मारा मारा तो तो शांति शांति अब मिल गई। घर में रहे, लाशों के साथ भाग भाग है है। और अगर भाग नहीं तो मारा का है। है भाग जाता था था ऐसे बिना मारे। एकदम चपड़गंज था एकदम ये सोचे उसने सही किया वो तो महा चपड़गंजू है हमको चपड़गंजू बोल रहा दादा जो की सबसे बड़ा चपड़गंज है हाँ ठीक है हम ही है सबसे बड़े कहीं तो दिया बाकी मन में तो हम ही चपड़गंज होंगे अगर जानते तो हम क्या करें? देख हो तुम मां पाया है आतंकी देख लो समझो ये लड़का है क्या? पहले ही बताया था मैं खोपड़ी कंकड़ की कितार इनकी लगी न टंकी चलती रहती अच्छा श्री महाभारत कला परमाथ की की की। ये सब पाइट वाइट देखते हमारी तो बोरियत मिट गई वैसे से हमारी नहीं मिट्टी मा